क्या हालत तेरे बैटरी चुपचाप बैठिया सीट पर। अभी बताता तो ये बैटरी। गुड मॉर्निंग सर बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ हाँ तो बच्चों ले लेते हैं। राजू। yes, sir. चुटकी। Present, sir.